अभी ये खुशबू मुेत पूरे कमरे में फैल जाएगी जी हाँ पूरे कमरे में इसी तरह अल्लाह ताला ने आपके अंदर खुशबू रखी है और बदबू भी रखी है खुशबू की मिसाल पॉजिटिव थिंकिंग है और बदबू की मिसाल नेगेटिव थिंकिंग है अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो आप और आपके समेत इर्द गिर्द के सारे ही लोग पॉजिटिव हो जाते हैं और अगर आप नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोग आप समेत सारे ही नेगेटिव हो जाते हैं बदबूदार हो जाते हैं तो खुशबू बने बदबू नहीं इस दुनिया में पहले ही बहुत ज़्यादा बदबू फैल चुकी है तो खुद के लिए और दूसरों के लिए खुशबू बने बदबू नहीं